हेलो दोस्तों तो ये बात उस टाइम की जब सबका जीवन खतरे में चल रहा था सब किसी तरह अपना जीवन बिताने में व्यतीत थे उस टाइम राजा महाराजाओं के आदेश चलते थे कुछ भी कार्य उनकी आज्ञा से होता था हर व्यक्ति अपने जीवन से परेशान था उस टाइम मानो महिलाओं के लिए उनका जीवन एक अभिशाप बन चुका था क्योंकि उस टाइम होता यह था यदि किसी महिला का पति राजा के साथ युद्ध करने जाता था, था और यदि उसका पति मारा जाता था युद्ध में तो वह महिला अपने पति के साथ पति की सीता के साथ स्वयं को जलाकर भस्म कर लेती थी क्योंकि होता यह था कि यदि उसकी मृत्यु के बाद वह महिला जीवित रहे, तो उसके साथ बहुत ही अत्याचार किए जाते थे बहुत ही उसके साथ गलत लुक किया जाता था इस वजह से वह वा स्वयं को आत्मसमर्पित करना उचित समझती थी इसलिए वह अपने पति के साथ स्वयं को भी आग में जलाकर भस्म कर देती थी और यह प्रथा बहुत ही प्रचलित एवं धार्मिक प्रथा थी यह प्रथा इसलिए थी क्योंकि महिलाएं में ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए स्वयं को आत्मसमर्पित करना उचित समी थी पर यह प्रथा पूर्णतः सत्य है या काल्पनिक इसके अभी तक पूर्णतः कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं पर फिर भी इस प्रथा के बारे में बहुत ही चर्चे में है यह प्रथा आज तक किसी को इस प्रथा के बारे में पूर्णता जानकारी नहीं है कि प्रथा पूर्णता सत्य है या असत्य स्प्रथा का अंत सन अठारह में राजा राम राय ने अंग्रेजी गवर्नर लार्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर इस प्रथा का अंत किया था और यह प्रथा तब से समाप्त हो चुकी है और अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है